नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की कहानी काफी फ़िल्मी है नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाक़ात सीरियल गुम है किसी से प्यार में के सेट पर हुई थी चंद रोज में ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए काम करके करते नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा कब एक दूसरे को दिल दे बैठे ये बात किसी को पता नहीं चली नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर खूब मस्ती किया करते थे फैंस को कुछ समय में ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी काफी पसंद आने लगी थी सेट पर जल्द ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को इस बात का एहसास हो गया कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद आता था आपको जानकर हैरानी होगी कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाक़ात सितंबर में हुई थी और अक्टूबर आते आते दोनों को उस बात का यकीन हो गया था कि वो प्यार में पड़ चुके हैं एक महीने में ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था एक इंटरव्यू में नील भट्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि दोनों एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा एक दूसरे की आंखों को देखकर ही दिल की बात समझ जाते हैं। इतना ही नहीं दोनों का नेचर भी लगभग एक ही जैसा है यही वजह है जो नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की आपस में इतनी बनती है नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने कई महीनों तक किसी को अपनी डेटिंग कति भनत ही नहीं लगने दी जब फैंस को नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो हर कोई हैरान रह गया था नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की लव स्टोरी को परिवार ने भी पूरा सपोर्ट किया यही वजह है जो शादी करने में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को जरा भी पापड़ नहीं बेलने पड़े नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के परिवार ने जनवरी दो में इन दोनों का रोका करवा दिया था नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की रोके की तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने रोके के लगभग ग्यारह महीने बाद शादी कर ली कुछ समय पहले ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने होमटाउन में सात फेरे लिए हैं